हेलो गाइस तो बड़मान से आ चुका है हम लोगों का एक एमपी फाइव का स्किन जो अभी हम निकालने वाले हैं तो आप लोग सब आए और मेरे ये वीडियो को देखें मैं एमपी फाइव निकालूंगा तो भाई साहब पहला स्पिन करते हैं हम लोग मिल लेगा क्या भाई साहब भाई साहब भाई साहब लास्ट में ही मिलेगा मुझे पता है इमोट ये तो मेरे पास है ही बेकार है भाई साहब दूसरा स्पिन सर्ट बॉडी मिलेगा आ, पक्का मालूम है मेरे को मालूम है अब भी तीसरा स्पिन करते हैं हम लोगों को मिलेगा से आया हुआ एक MP5 का स्किन मुझे भी नहीं पता <laughs> तो जल्दी से हम लोग को मिल चुका है तो देखते हैं भाई साहब डबल रेट ऑफ फायर वाला है मेरे पास तो ये तो अभी ओह भाई साहब क्या इसको डिजाइन दिया है ओह में मरी जावा ये भाई डबल डैमेज और रेंज तो फटाफट से हम लोग को एम पी मिल चुका है मज़ेदार वाला और इसको लेके कर हम लोग सीधे चलते हैं गेम की तरफ और देखते हैं क्या है चट मशीन हो सकता है आप लोगों को दो तीन क्लिप दिखाऊंगा एम पी का क्या रेड डेमेज ही देगा या बॉडी शॉट कितने में पड़ेगा सब आप लोगों को इस वीडियो में मालूम चल जाएगा और कितने में मिला आप? पहला स्पिन तो आपका 199 है दूसरा स्पिन तो आपका 299, है तीसरा स्पिन 599, भाई साहब तो हिसाब कर लो खुद और अभी देखो गेम प्ले। ओ भाई साहब खाली रेट नंबर ओ भाई साहब ओ भाई साहब ये कहाँ से है एम ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब तो वीडियो को लास्ट तक इंजॉय करो और वॉच करो अच्छा लगे तो लाइक करो भाई प्लीज आप लोगों को सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है हमको आपका भाई बोल रहा है प्लीज लाइक एक दबा के करो और वीडियो को लास्ट तक वॉच करो भाई हेडसेट पर आया भाई तेरे को भाई शाह ओके ओके दो गिरा चुका है हम अभी देखते हैं हम लोग तीसरा को गिरा पाते हैं यानी भाई सब भाई सब किधर है किधर है, है भाई किधर है तुम किधर है हम तुमको मारेगा भाई किधर है रुक रुक रुक, रुक, रुक। अरे बबा रुक ओ माय एम पी फाइव तो क्या करा एम फाइव तो अभी हाथ में है नहीं रुक जा तो एम पी फाइव एम फाइव से हम लोग मारेंगे भाई पहला गेम फटाफट से निकलो यार तुम इतना टेंशन देते हो फटाफट से गेम छो हम लोग जल्दी जल्दी एम का हेड शॉट रेड दिखाना है भाई बॉडी शॉट में कितना देता है हेड शॉट में कितना देता है हम लोगों को देखना पड़ेगा भाई तो इसीलिए वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग देख रहे हैं तो भाई साहब पहला राउंड हम लोग कर चुके हैं दूसरे राउंड की तैयारी में चले हैं तो एम पी ले लिए हम गुलअल ले लेते हैं भाई सब ग्रेनेट ले लेते ले हैं ओ अभी भी देखते हैं हम लोग क्या ये रेड नंबर का बाप हो सकता है क्या भाई साहब जल्दी से जल्दी देखो वीडियो क्या MP5 पी अच्छा लगा सब लोग ले सकते हैं ये डबल डेमेज और रेंज, रेंज है तो सब लोग ले ले मैं तो मैं तो करता हूँ सब लोग अभी इक्विप कर ही ले क्योंकि बाद में तो अभी ये एम नहीं मिलने वाला है अभी मिल रहा है तो ले ले तो मैंने तो ले लिया भाई आप लोग काउंटिंग कर ले कितना डायमंड होगा तो भाई सब इसको ओ भाई सब बोडी शोटी लगा ट्वेंटी सिक्स का अच्छा डेमेज दे रहा है कोई खराब नहीं वाइन उधर सेवेंटी वन ओ भाई साहब खाली रेड नंबर था भाई रेड नंबर था खाली ओ पी ओ पी खाली रेड नंबर था भाई साहब मैं तो रेड प्लेयर के साथ खेलता हूँ आप लोग भी मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कॉमेंट, कॉमेंट करो भाई ओके ये नोक ओ भाई साहब दूसरा किधर है सही ऊपर है ओ भाई साहब ये लोग भी मेरे साथ आता तो थोड़ा शक्ति मिल जाता भाई साहब उसको मान लेते हैं दूसरा भाई दूसरे को तो मैं भी रुक जा इधर इधर है ओ भाई इसको भी नॉक इसको भी नॉक और कोई है क्या ना वो 143 का हेड 143 का हेड क्या ओपी वाला गेम प्ले था भाई इस क्या ओ वाला गेम प्ले है भाई भाई सच में यार बहुत मज़ेदार एम फाइव है इससे तो क्लास स्कोर रैंक में खाली भूया ही मिलेगा पक्का है कन्फर्म है ये इससे खाली बोया है, बोया बोया मिलेगा तो आप लोगों को यदि बोया चाहिए तो ये एम फाइव निकाल ले भाई गरिंदा ने बहुत प्यार से तरादा है इसको तो आप लोग सभी इस एम फाइव को निकाल लें और फटोफट से क्लास को रेंक में पूरी गेम भूया बोया बोया बोया बोया ही करे सीधे बोया ही मिलेगा आपको दूसरा कुछ नहीं मिलेगा तो भाई सब मज़ेदार एम पी भाई लास्ट वाला बंदा किधर है भाई साइड उधर ही है क्या छुपा हुआ है ना इधर है इधर उधर नहीं है उधर है साइड रुक जा देखते हैं थोड़ा देर नहीं नहीं आ गई है आ गई है भाई साहब क्या मस्त गन है भाई सच में बोल रहे हैं क्या मस्त गन है एम फाइव लो तो ऐसे ही लो भाई साहब ओ ओ, ओ ओ ओ इसको ओ भाई साहब नक खो गया हम कोई बात नहीं कोई बात नहीं फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड उधर उधर उधर भाई क्या रड नंबर किंग है ये यार सच में तो आप लोग क्या कर रहे हो इतना देर वीडियो देखा भाई साहब कम से कम जाओ एमपी फाइव निकालो और रुको रुको रुको जाने से पहले एक काम कर देना मेरे वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना पास वाला नोटिफिकेशन बेल ऑल कर देना ये सब नहीं किया तो जाने नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेन है और तुम लोगों को प्यार और सपोर्ट के मुझे बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ अब यह मैंने वीडियो अकाउंट मतलब वो एक किया है, मतलब खोला है तो प्लीज़ आप लोगों को सहायता बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोग यदि सहायता करें तो हम मैं कुछ बन सकता हूँ तो प्लीज़ अपने भाई को अपने प्रा मत भूलना कभी भी भाई सब भाई देख दूर में भी 22 मतलब मीडियम रेंज में भी 22 का डैमेज दे रहा है क्या है भी है, है, भी है तो फिलहाल तो मैं मरने वाला हूं तो जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज लाइक कर देना और लास्ट तक बने बने रहने के लिए थैंक यू और भाई क्या बोलूँ कुछ बोलने के लिए है ही नहीं तो टाटा बाय बाय मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ मोरो, ठीक है तो सभी स्वस्थ रहे तंदुरुस्त रहे और कोविड से बचे रहें और भाई सब वीडियो को मेरा एंजॉय करके लाइक एक ठोक के आराम से सो जाए बाय बाय गुड नाइट